हेल्थ सीरीज के अंदर आज बात करेंगे अंक यानी कि राहु की राहु इंडियन कंटेस्ट में है न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी चार आती है न्यूमरोलॉजी में चार नंबर मार्क कराया जाता है एस्ट्रोलॉजी और तंत्र में इसको सिंपल राहु के नाम से जाना जाता है इससे रिलेटेड क्या हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे जो लास्ट हमने बात करी थी वो शनि के ऊपर बात करी थी पिछला वीडियो आपको मिल जाएगा कि क्या क्या इश्यू हो सकते हैं इसी तरह पूरे, -पूरे नो के पूरे नौ के नौ प्लेनेट इसमें कवर करे जाएंगे उसके बाद इनके रेमेडीज कवर करी जाएंगे तो आप इस पे बने रहिए आपके लिए और सबके लिए फायदेमंद होगा चलिए बात करते हैं राहू के कारण जो इश्यूज होते हैं हेल्थ इश्यूज होते हैं उसमें सबसे बड़ा इशू होता है आदमी का निर्णय नहीं ले इसका कारण होता है मेंटली बेसिकली मेंटल डिसबैलेंस राहु के कारण माना जाता है साथ में चंद्रमा के कारण माना जाता है चंद्रमा में बात करेंगे उसकी लेकिन खासकर राहु को माना जाता है मेंटल डिसबैलेंस के लिए राहू से अगर किसी का राहू ठीक नहीं है भी कारण होगा चाहे डेट ऑफ बर्थ में वो अंक नहीं है या फिर एस्ट्रोलॉजी के अंदर किसी ऐसे भाव में बैठा हुआ जहां पर वो नेगेटिव इंपैक्ट कर रहा है, तो ये सब चीजें देखी जाती हैं। डिप्रेशन मेंटल डिसबैलेंस, सुसाइडल टेंडेंसी सबसे बड़ा कारण होता है सही निर्णय आदमी नहीं ले पाता या फिर लेने में देरी कर अधिकतर आप नोटिस करेंगे कई लोगों को सांस की प्रॉब्लम होती है अगर आप उनको आ, नोटिस करना शुरू करें उनको आ, उनके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में देखें या फिर नंबर्स में देखें तो आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं राहु उनको परेशान कर रहा है सांस की प्रॉब्लम दमा जिसको हम बोलते हैं राहु कारक माना जाता है उसके लिए इसी तरह जो लंग्स हैं फेफड़े हैं उसमें अगर कोई इश्यू आता है अगेन वो भी यही कारण है राहु पेट का अवसर जो कुछ भी मिलता है उसमें बहुत बड़ा योगदान रहता है इसका नेगेटिव कुष्ट रोग यानी कि लेपरोसी, लेपरोसी राहु से आती है इसकी के ऐसे डिसऑर्डर जो सारी जिंदगी ठीक नहीं होते ऐसे डिसऑर्डर एक एलर्जी जो बढ़ती चली गई सारे शरीर में फैल गई सिर्फ दवाइया चल रही है कंट्रोल कर सकते हैं आप लेकिन कभी ठीक नहीं होती वो भी राहु के कारण है गैस्ट्रिक इश्यूज गैस्ट्रिक इश्यूज वैसे कई प्लेनेट्स की वजह से भी होता है लेकिन उसमें राहु का भी बहुत बड़ा कारण है राहु तमसिक होता है जिस तरह का गरिष्ठ भोजन ये कराता है उसके चलते भी गैस्ट्रिक इश्यूज होते हैं पैर जैसे मैंने शुरू में बताया था कि दिमाग के ऊपर ये रूल करता बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा दिमागी है अगर आप को देखें राहु और केतु को देखते हैं तो ऊपर का जो हिस्सा है वो राहु सर से देखा जाता है दिमाग उसके अंदर मुख्य है तो इंसैनिटी यानी पागलपन भी इससे रिलेटेड होता है शनि से भी रिलेटेड होता है और इससे भी रिलेटेड होता है चंद्रमा से भी रिलेटेड होता है तीनों से रिलेटेड होता है पैरल ही आंखों में आप देखें काला मोतिया बिंदा है कैट्रैक्ट राहू को कारक माना जाता है उसमें चीजों को धूंधला कर देना राहु का यही काम है रास्ता नहीं दिखाता नहीं समझने देता कि क्या चल रहा है आगे यही राहु राहुल यहाँ पर भी वही किया काला मोतिया बन इसकी वजह से यहाँ पर उसको तो माना जाता है राहु से माना जाता है और बुद्ध से माना जाता है अगर वो वॉइस स्ट्रीमिंग में भी और साथ में अगर जवान के वजह से कोई चीज नुकसान होती है आप समझ लीजिए राहुगढ़ पर है ये एक इंडिकेशन है Really, दांतों पर भी देखा जाता है राहु को राहु को भी और बुद्ध को भी भी दांतों को पर भी जाता है है जो लास्ट है, जिस का राहु ठीक नहीं होता की भाषा में देखें चाहे एस्ट्रोलॉजी की भाषा में आप देखेंगे उसकी सेक्सुअल बहुत ज्यादा बढ़ी होती है तो ये मैंने कुछ कारण बताए इसमें जिनकी वजह से राहु के चलते हेल्थ इश्यूज क्रिएट होते हैं तो करें कितना सही है अगली जब ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी नो की नौ अगले कुछ दिनों में हो जाएगी उसके बाद हम रेमेडीज के ऊपर आए तो कृपया बने रहें फायदा उठाएं इस चीज से नॉलेज से चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं थैंक यू